रोज़ाना सुबह साढ़े चार या चार बजे ज़रूर उठें लेकिन क्यों चलिए मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग इस समय सो रहे होते हैं इसलिए आपको किसी दूसरे इंसान के द्वारा कोई परेशानी नहीं होगी मोहल्ले से बच्चों की या फिर लोगों की आवाज़ नहीं आएगी कोई फालतू काल नहीं आएगी और यही समय है खुद को समय देने का नॉर्मल ज़िंदगी जीने वालों से आपको दो घंटे प्रतिदिन ज़्यादा मिलेंगे मतलब 14 घंटे प्रति सप्ताह मतलब एक वर्ष में अगर तीन दिन है तो आपको मिले पूरे 730 घंटे एक दिन में होते हैं 24 घंटे अगर आप 730 बटे 124 करें तो लगभग 30 दिन मतलब पूरे साल में दूसरे के अपेक्षा एक महीना ज्यादा खुद को समय दे पाएंगे सुबह जल्दी उठना चाहिए दुनिया भर के सबसे सफल लोगों द्वारा सफलता के रहस्यों में से एक रहा है आप दुनिया की कोई भी बुक या कोई भी महापुरुषों के विचारों को पढ़ लीजिए हमेशा आपको साढ़े चार बजे या चार बजे उठने की हिदायत दी जाती है कई बार जब हम देर से उठते हैं तो हमारे कई सारे काम वैसे भी बिगड़ चुके होते हैं वजह यह है कि टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं हो पाता और ना चाहते हुए भी हमें वो काम कल के लिए टालना पड़ता है इसलिए सुबह साढ़े बजे उठिए आपकी टाइम मैनेजमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी यह मैंने खुद ही महसूस किया है और इसीलिए मैं आपको आज ये बता रहा हूँ एक इंसान का अपनी ज़िंदगी में अनुशासित रहना उसके वर्चस्व और सौंदर्य को निहारता है एक्सरसाइज योगा इंसान की स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है अगर आप साढ़े चार बजे उठते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं अगर ये इतनी बातें आप समझ पाए होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि सुबह जब सब उठकर अपना काम शुरू कर रहे होंगे उस समय आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम हो चुके होंगे आप रणनीति बनाइए और खुद के लिए कुछ बेहतर तलाश करिए अगर आप यह प्रक्रिया मात्र एक महीना कर लेंगे तो आप खुद अपने जीवन में बदलाव जरूर देख पाएंगे आपका दिमाग अब दूसरों से बहुत आगे हो चुका होगा जहाँ लोग डीमोटिवेट हताश और परेशान हैं वहीं अब आप एक खुश और पॉजिटिव इंसान बन चुके होंगे दोस्तों अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप जो है इसे जरूर लाइक करिए साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर सपोर्ट करें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे